या सोना क्यों रब ने बनाया ना सोना क्यों रब ने बनाया क्या उसने क्या किया जैन मगर बता देखा है न सोड़ा तू तब ने बनाया न सोड़ा त्यू तब ने बनाया अच्छा जी भर से सा करके तू गया मुझको बना कर के बचानिया हो गए आते थे छड़ी देन जी मेरी ओज हारिया मैं दे छी देरी ओजन